तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब सब सब सब होंगे मैं के आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं इस तो देख सकते हैं ये पर्थला चौक पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि ये 700 मीटर लंबा है और अस्सी करोड़ रुपए की मदद से बनाया जा रहा है और ये 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और ख़त्म यह बाईसवा होगा और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये बन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से ये दिखाई देगा देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से और आप लोग इन्जॉय करो और जल्दी ही ये बन कंप्लीट हो जाएगा देखिए ये चार मूर्ति गोल चक्कर के लिए चला गया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए इधर और देख सकते हैं सर ये इतना कंप्लीट कर दिया गया है ये देख सकते हैं ये साइड बॉल लगा दी गई हैं और इस पर कंक्रीट भी बिछा दिया गया है जो अर्थवर्क का काम है वो भी हो चुका है कंक्रीट अब इस पर वस्थ कुछ नहीं करना है अब इस रह गया है आपका इस पर ब्लैकट होना रह गया है बाकी और उसके बाद में देखिए वो बनना स्टार्ट हो जाएगा ये बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज कुछ इस टाइप का है और ये जगह है परथला चौक गई देख सकते हैं तस्वीरें और ऐसे ही ब्लॉक्स देखो के पी संत के चैनल पर जो कि के पी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों और चलो मैं आप लोगों को आगे से ही दिखा देता हूँ कि क्या नज़ारे हैं यहाँ के तो चलिए हम उसी के पास में चल रहे हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर बर्फ़ हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पर बस अब ये ब्लैक टॉप टौ, ब्लैक टॉप होना इस्टार्ट हो जाएगा बाकी तो सारा काम हो गया ये रोड़ी पत्थरी तो बजरी बिछा दी गई है देख सकते हैं लेवलिंग भी इसकी कर दी गई है और अब बस इस पर ब्लॉक टॉप होना है और उसके बाद में फिर यह सिग्नेचर ब्रिज बनना इस्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही सुंदर आप लोगों को सिग्नेचर ब्रिज देखने के लिए मिलेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर जो कि पर्थला चौक पे बनाया गया है और आपको बता दूं कि जो यहाँ से डेली के जो बहन गुजरते हैं वो करीब डेढ़ से दो लाख के समथिंग ये आपको बता दूं बहन यहाँ से गुजरते हैं डेली तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि ये बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है आप लोग खुद ही देख सकते हैं आँखों से कि इस तरीके से ये डिवाइडर बनाया जा रहा है ये देख सकते हैं ये डिवाइडर भर दिया गया है ये बीच का डिवाइडर है गाई ये देखो और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी थंत के चैनल पर जो कि आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देख देता रहता है गाइस तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें जिधर भी आप नज़र उठाकर देखेंगे उधर ही क्योंकि इसको इसको भी शिफ्ट किया जाता है इन्होंने इलेक्ट्रिकटी की ये जो पोल्स जा रहे हैं ये इसको भी शिफ्ट किया गया है देखिए ये शिफ्ट करे जा रहे हैं इस लाइन लगाई जा रही है इलेक्ट्रिक की और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लोहे के ये पिलर हैं मतलब गाटर हैं ये लोहे के और देख सकते हैं कितने भारी भरकम है ये लोहे के गाटर हैं और वो लगाए जाएंगे वहाँ पे और फिर उसके बाद में ये रस्सी की टाइप की जैसे कि हमारे डेहली में जो सिग्नेचर ब्रिज है उसी टाइप से ये बनाया जा रहा है और उसके देख सकते हैं जो पिलर बनाए गए हैं दो पिलरों पर ही ये खड़ा होगा गई तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं देख सकते कि किस तरीके से इधर का तो कम्प्लीट हो चुका है ये बीच के जो डिवाइडर का काम था वो भी कर लिया गया है और बाकी ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं आप लोग नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है ये आपको नज़ारे देख के मज़ा आएगा और देखो चारों तरफ ये ऊंची-ऊंची टावर दिखाई देंगे आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है देखो ये पलर बना दिया गया है देख सकते हैं ये पलर पूरा बन के कम्प्लीट हो गया इधर भी ये कम्प्लीट हो चुका है पूरा देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें ये पूरा कंप्लीट हो गया है सारा और देख सकते हैं नज़ारा कुछ ये है ये यहाँ पर ये बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज कुछ इस टाइप का देखिए उधर का भी ये साइड वॉल का काम चल रहा है देखो तेज़ी के साथ में उधर अभी नहीं बनाया गया है इधर बना दिया गया है एक साइड में जो कि चार मूर्ति की साइड में जाता है ये ये चला जाएगा गाज़ियाबाद मेरठ की साइड में और ये चला जाता है दिल्ली और फरीदाबाद के लिए बिल्कुल सीधा रूट है गाइड तो देख सकते कुछ यही नज़ारा था और ये चला जाता है परी के लिए ग्रेटर नोएडा परी के लिए चला जाएगा तो देख सकते हैं तस्वीरें कुछ यही नज़ारा था गाइट और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो के पी के चैनल पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है और आप लोगों को बताता रहता है गाई देख देख सकते हैं ये कंक्रीट ये पड़ा हुआ है कि ये भी डाले जाएंगे और लोहे के ये आपको जो गाटर हैं ये वाले गाटर इस पर रखे जाएंगे फिर इस पर ये रस्ते से बांधे जाएंगे देखिए उसमें वो छेद छेद भी आपको नज़र आ रहे होंगे देख सकते हैं ये छेद छेद आ रहे हैं ना नज़र इसके अंदर देखो वो और उन पर यह टिकाया जाएगा इसलिए इनकी हाइट कुछ ज़्यादा ही दे रखी है इन पिलरों की ये दो पिलर पर ही खड़ा होगा यहाँ का ये सिग्नेचर ब्रिज गाइस। तो चलिए ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी पी संत को लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा पर ऐसे ही ब्लॉग्स देखो के पी के चैनल पर गई तो चलिए अब आपको उस साइड का दिखाते हैं चल के कि उधर कितना कुछ काम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं ये गाटर हैं ये गाटर लगाए जाएँगे ये उठाए जाएँगे उससे